बाजत हमें ऐसा लगता है कि जो बंदा क्रिएटिव है वही कुछ बड़ा कर सकता है या वो बंदा जिसमें क्रिएटिविटी है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है जबकि हम जिंदगी के सफर में आगे नहीं बढ़ सकते क्रिएटिविटी के बगैर इसलिए कि हम ये समझते हैं कि हम में क्रिएटिविटी बिल्कुल है ही नहीं हम बिल्कुल क्रिएटिव ही नहीं है तो हम जिंदगी के सफर में किस तरह आगे बढ़ेंगे अब जो मॉडर्न टाइम है हमारा जो टाइम पीरियड है इसमें हम क्रिएटिविटी की क्या लेते हैं सबसे पहले इसको देखते हैं हम क्रिएटिविटी कोरिजिनल लगे हम उसको क्रिएटिविटी कहते हैं लेकिन याद रखे जिंदगी में कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं होता हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट आते हैं जितने भी आइडियाज़ आइडियाज़, आते हैं, हैं। हैं। वो वो ideas, वो वो वो एक्चुअल में में ओरिजिनल नहीं चीज़ें, प्रोडक्ट्स किसी किसी ने बनाए होते किसी के जहन में वो होते के मौजूद लेकिन जब हमें लगता है कि ये चीज क्रिएटिव है तो हमें ये लगता है कि ये डिफरेंट है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं वही प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी के पास होता है लेकिन जब वो मार्केट में फिर से आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है और उस मॉडिफिकेशन के बाद उसको एक नया शेप दिया जाता है और उस नए शेप को देने के बाद जब वो आ जाता है तो हमें ये लगता है कि ये किसी की क्रिएटिविटी है और एक ओरिजिनल प्रोडक्ट आ गया दुनिया में लेकिन ऐसा नहीं होता हर प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद होता है जस्ट उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है और फिर हम इसको समझते हैं कि क्रिएटिव है ग्राइट का एक कोट है। वो कहते हैं कि जो चीज आज चाहिए कि हम सुन ले, वो पहले जमाने में किसी ने रडे बोले होते हैं, लेकिन उस टाइम पे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था तो जब सुनने के लिए कोई उस टाइम पे तैयार नहीं था तो आज इस चीज की जरूरत है की हम उस चीज को दोबारा बोले उसका मतलब ये था कि जो प्रोडक्ट जो आइडिया हमें आज ओरिजिनल लगता है वो ऑलरेडी किसी ने बनाई होती है लेकिन आज उसको दोबारा इन्वेंट करने की ज़रूरत होती है तो अगर लाइफ में हम ओरिजिनल बनने की कोशिश करें हम किसी नए प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना चाहें इस तरह मुमकिन नहीं होता हाँ हम ये कर सकते हैं कि जो आइडिया पहले से मौजूद है जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है उसको लेके उसको मोडिफाई करके उसको हम एक नया शेप शेप दे सकते हैं और उसको उसको एक नया देने के बाद जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो दुनिया को वो वो नया लगेगा वो लगेगा दुनिया को प्रोडक्ट ओरिजिनल तो क्रिएटिविटी की हमारी डिफिनेशन ये हो गई कि क्रिएट क्रिएटिविटी एक अनडिटेक्टेड प्लेजरिज्म होता है अनडिटेक्टेड प्लेजरिज्म का मतलब ये है जो चीज हमने पेश किया वो ऑलरेडी मौजूद होती है लेकिन हमने उसको एक ऐसा शेप दिया एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया कि जब सामने वाले ने उसे देखा तो उसको लगा कि ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल बनने की बजाय अगर हम इस चीज पे फोकस करें कि जो ऑलरेडी मौजूद है कोई भी आइडिया कोई भी प्रोडक्ट उसको थोड़ा अगर हम मोडिफाई करें और फिर इसको पेश करें तो ये हमारी क्रिएटिविटी बन जाती है इसको हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं और यहाँ पे हम ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं शुक्रिया